पड़े पड़े पड़े मैं मैं बच मैं बच गई गई आने दो बहुत गहरा एक और है क्या राइट में चलिए राइट राइट राइट राइट पुश कर दिया इसको पिक करो गाइस यहां चलो अच्छा तो नहीं अपन दे दिया उसको पूरा इडियस मैंने उसको नहीं दिया उसको नहीं दिया किसी और को दिया अरे मैं उसको लेने जा रही हूं यार तुम लोग जा जा जा मम्मी पूरा बैग अप प्लीज लाइक करो रीलोड कर दिलोड़ कर बाय बाय बहुत खाया तुम्हारे छत पे हर्ष पे नहीं अरे हम जा नहीं रहे हेड हेड बॉडी पड़ी है उसको क्या इधर भी बंदा हर्ष हर्ष हर्ष हर्ष जल्दी जल्दी नहीं नहीं तेरे बच गया <laughs> <बच्चिया। laughs> अभी मैं भड़क हो आओ अभी मार कभी फोड़ूंगा यस जानी पूरी कोई पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नहीं नीचे हो गया। अच्छा अभी मैं भड़क <laughs> सैड भागो बग्गी में बैठो बग्गी में चलो चलो निकी चलो Oh, sad.